मैच स्टार्ट करते हैं क्या खेलें क्या खेलें क्या खेले शॉट खेलते हैं तुम्हारा तो भाई मैच स्टार्ट हो गया है बस जस्ट टू मिनट स्टार्ट होते टहल का मच टहल का ऐसा मचाएंगे कि सारे के साथ ले ही लेंगे आप साल होगा बहुत चलो या अलग चलो टीम के साथ चलो।, टीम के चलो।, चलो चलो चलो चलो चलो चलो कहां से आ या टीम बोरिए वाइब बंदा नीचा हो गया है चलो चलो चले चले कर पहुंचूंगा चलो कोई नहीं अगले मैच में एक तो तो दिया होगा भाई लोग तुम कैसे खेल रहे हो एकदम बढ़िया मस्त खेल रहे बाबा मस्त थोड़ा दो सालों को बता के कौन कौन है? चलते है ना कैसे निकलता हूं वाइब ले ले दिस रेवाइव ले ले बाबा ले ले मैं टेलीफोन पे भी कर चल चल चल चल चल चल चल ये तो बंदा ना क्या कर रहे हैं दो, दिल दो मैच जीत चुके हैं जीरो हो गए मुन्ना शॉर्ट गन ले लेते हैं उन्ना अब इनके लागे चल के टा मचा देंगे मुन्ना मारेंगे सालों को मारेंगे चुन चुन कर मारेंगे पिस्टल ले लेते हैं पिस्टल मावज़र मावज़र से खेलेंगे मावज़र से बचपन में खेलते थे मावजर से जवानी में मावज़र से खेलते हैं यहाँ रुक के देखने का कौन आने का कोई नहीं आने का आनेगा कहा से माफ लिया यार करते हैं हैं ना आ दो लेते हैं दो लेते लेते हैं हैं एक ले, ले हैं। और चलते हैं मैं खाने की तरफ अपन अपने स्पेश जगह पे जो अपनी फेवरेट जगह है अब उनकी फेवरेट जगह कौन सी है आपको को पता है क्या तुम्हें पता है आप उनकी फेवरेट जगह ये है कौन सी ये अब इधर बैठ के तमाशा देख ओ गलती हो गई भाई गलती हो गई भाई भाई वाले भाई भाई जाते ना अगले मैच में ले लेंगे और प्लेयर कहाँ हैं अपने दो ही प्लेयर बचे हैं क्या क्या कर रहे यार एकदम ग्रेट बहुत बढ़िया बेटे बहुत अच्छा करा बहुत अच्छा देखते हैं भाई के भाई है। भाई है कितने पांच किल है तीन किल बस